भक्तजन आप सब इस बात से परिचित हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और उसी रामायण का संत कवि तुलसीदास जी ने काव्य स्वरूप में रामचरित मानस के रूप में रूपांतरण किया था आज उसी रामचरित मानस में से प्रभु श्री राम के कुछ जीवन प्रसंगों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं और साथ में संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान की भक्ति के कुछ दृष्टांत भी इसमें जोड़े हैं आशा रखते हैं तुलसीदास जी द्वारा निर्मित ये प्राचीन रचना इस नवीन रूप में आपको जरूर पसंद आएगी लाल के बनक पड़े काम तो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे तुलसी संसार में और सबसे मिलिए ए जिना जाने किस देश में मेरू नारायण सुना तो आए अपनियों में पति राघव राजा राम पतिक पावन सीता रामावन सीता गोल रुपति राम चलो किया चुके तारे दशरथ के राज तुल चलो किया चुके तारे कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी से रावण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग याद आता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अवध में वापस आए थे और उस वक्त उनका राज्याभिषेक हो रहा होता है तब माता जानकी हनुमान से प्रसन्न होकर उन्हें एक मोतियों की माला भेंट देती हैं लेकिन हनुमान क्या करते हैं उस माला का एक एक मोती अपने दांतों से तोड़कर बिखेर देते हैं ये देखकर मैया सीता को बड़ा ही दुख होता है और वो कहती हैं हे hey, हनुमान मैंने बड़े ही प्रेम से तुम्हें ये मूर्ति की माला भेंट दी थी किंतु तुमने मेरी भेंट की कोई कदर नहीं की और उसे यूं ही तोड़कर बिखेर दिया तब देखिए हनुमान जी बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं वो कहते हैं हे hey, मैया आप बुरा न माने लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि हे hey, हनुमान जहाँ प्रभु श्री राम नहीं वहाँ तेरा कोई काम नहीं तो हे माता मैं तो इस मोती की माला में मेरे प्रभु श्री राम और मैया सीता को ढूंढ रहा था अब आप ही बताइए आपके और रघुवर के बिना ये माला मेरे किस काम की और देखिए भक्तों की सदियों से परीक्षा होती आई है और उस वक्त भी बड़े दरबार में कोई हनुमान से मजाक करता है कि हे हनुमान इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो क्या तुम्हारे भीतर तुम्हारे खुद के हृदय में प्रभु श्री राम और मैया सीता बसे हुए हैं और देखिए इतना सुनते ही हनुमान जी ने एक क्षण की भी देरी किए बिना अपनी छाती चीर के दिखा दिया है कि उनके हृदय में प्रभु श्री राम और मैया सीता साक्षात बसे हुए हैं। और इस दृश्य को देखकर बस यही कहने को जीता है चीर के देखे, a Just... to Just...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 भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके छल वेश भिक्षु का धर भिक्षा का आग्रह करके छल वेश भिक्षु का धर भिक्षा का आग्रह करके छल वेश भिक्षु का धर भिक्षा का आग्रह करके उस जनकपुत्र पुत्र सीता पोछल से ले गया रावण हरके राम जी राम राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम गय राम जग जग में में भगवान भगवान ऐसे भक्त देखिए ये रचना रामायण के उस प्रसंग का वर्णन करती है कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए गुरुमुख पर्वत के नीचे आकर खड़े होते हैं और देखिए इस तरफ सुग्रीव को पता चलता है कि पर्वतों के नीचे दो राजकुमार भटक रहे हैं जिनके कांधों पर धनुष है मस्तक पर तेज है क्षत्रियो जैसा बाहुबल है किंतु तपस्वियों जैसा वेश है ये सुनकर सुग्रीव मन में घबराते हैं और सोचते हैं कि कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए और तब वो अपने परम बुद्धिशाली गुप्तचर हनुमान को प्रभु श्री राम की जासूसी करने के लिए भेजते हैं और तब हनुमान ब्राह्मण का वेश लड़के प्रभु श्री राम के सामने आते हैं किंतु रघुराई हनुमान को तुरंत पहचान लेते हैं और बस इतना ही कहते हैं कि आ गए हनुमान और तब हनुमान जी को ज्ञान होता है कि साक्षात रघुनंदन राम उनके सामने खड़े हैं और वो रघुवर के चरणों में गिर पड़ते हैं रामायण का यह पहला प्रसंग है जब प्रभु श्री राम और हनुमान का मिलन हुआ है हनुमान ने युगों तक प्रभु श्री राम से मिलन के लिए प्रतीक्षा की है और आज मिलन की वो शुभ घड़ी आई है और तब संकटमोचन हनुमान पहले ही मुलाकात में प्रभु श्री राम और लखन के संकट को दूर करते हुए उन्हें अपने कांधों पर बिठाकर कर वानर सुग्रीव के पास गुरुमुख पर्वत की ओर ले चलते हैं और इस प्रसंग का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है ऐसे भक्त कहा जग में मैसे भगवान ऐसे भक्त कहा जग में मै भगवान ऐसे भक्त कहा जग मैसे भगवान ऐसे भक्त कहा जग पुत्र महा ब्राह्मण के काज सवारे पवन पुत्र बनवा राम के काज सवारे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 But I. म कहानी सुनो रे राम कहानी